पूछो वो ऐसा क्या कर रहे हैं उन्होंने क्या किया बारीकी से उनकी एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करो मान लो उनको 20 साल हो गए हैं वो करते हुए जो आप करना चाहते हो तो 20 साल पहले से लेकर के अभी तक उन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्या, क्या क्या किया कैसे कैसे किया क्या क्या उनके टर्निंग पॉइंट्स थे उसको आराम से ऑब्जर्व करो आराम से समझने की कोशिश करो कि जो भी आपका मार्केट लीडर है जिस भी डोमेन में आप जा रहे हो उसमें ऐसा क्या है क्या थॉट प्रोसेस है उनकी तो उसको कॉपी नहीं करना है क्योंकि उसको कॉपी किया तो आप हमेशा उनको पकड़ने का गेम खेलते रहोगे और वो आपसे बहुत आगे हैं अब देखो कि जो भी वो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं तभी टॉप पे बैठे हैं बट कहीं ना कहीं कोई गैप बचा हुआ है मार्केट में गैप ढूंढना होता है ना तो गैप आपको नजर आना चाहिए कि ये गैप है उस गैप को फिल कर दो हो गया काम